हाय फ्रेंड्स मैं हूँ विजय कुमार मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जिन भाई का ई कटता है या पीएफ कटता है उन भाइयों को अपना ई शर्म कार्ड डिलीट कराना होगा तभी उनके अकाउंट अपना पीएफ का डीएक्टिवेट हो चुके हैं जो अकाउंट उनको एक्टिवेट करने के लिए यही रास्ता है कि ई शर्म कार्ड को डिलीट कराना होगा फैन चलते हैं ई शर्म कार्ड पोर्टल पर यहां से अपना अपडेट करा लेंगे किस तरीके से अपडेट कर अपडेट करने से ही डिलीट होगा यहां के ऑप्शन यहां से अपडेट पर क्लिक करेंगे अपडेट पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा और ये ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन को प्रोफाइल अपडेट करेंगे और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे कैप्चर डालेंगे ओ टी पी क्लिक करेंगे इस पर ओ टी पी आएगा इस तरीके से थे हम ओ टी पी डालेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे सबमिट पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे अपना आधार नंबर डालेंगे जिनके पास मोबाइल पर आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है वो ओ का फिंगर का सहायता से ले कर लेगा और जिसके पास ओ जाता है वो ओ से मेरे को नंबर पर ओ जा सकता है मोबाइल नंबर लिंक है इसलिए मैं यहां पे ओ सबमिट करता हूं और कैप्चर डालता हूं सबमिट पर क्लिक करेंगे और यहां पे ओ डालेंगे के के लिए वैलिडेट पर क्लिक करेंगे और इस प्रकार का जब डैशबोर्ड देखने को आता है तो हम अगर इसको रिमू या डिलीट करना चाहते हैं साइट से भगा या अपना डाटा सब खत्म करना चाहते हैं अपने ई कार्ड को पूरी तरीके से डिलीट मारने का सोच रहे हैं तो यहां पर क्लिक करेंगे और क्लिक हेयर पर क्लिक कर देंगे या अपडेट के वाई सी पर क्लिक कर देंगे ये कंप्यूटर ये साइट से डिलीट हो जाएगा अगर हम इसको डिलीट नहीं करना चाह रहे तो यहाँ से क्लिक करो और अपडेट अपनी इंफॉर्मेशन जो भी अपनी डिटेल्स है वो अपडेट कर पाएंगे और जो अगर हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो अब ये डिलीट रिमूव इस साइट से शर्म कार्ड डाउनलोड डिलीट हो जाएगा तो फैन ये थी कि पी वालों के लिए पी वालों को ये इस तरीके से डिलीट कराना होगा और सबको ही करना होगा जिनका पीएफ पी ईपीएफओ ये सब चीज़ फंड बोनस सब चीज कटता है उन्हीं सभी व्यक्ति से गलती से ई कार्ड बना चुके हैं उन्हें ई कार्ड को डिलीट करने की यह प्रक्रिया बताई गई है अपना ई कार्ड डिलीट करे इस प्रकार अकाउंट यहाँ से फिर एक्टिवेट कुछ ही सनों के बाद यहाँ से आपका अकाउंट इनएक्टिवेट दिखाता है वो एक्टिवेट नहीं दिखाएगा और डीएक्टिवेट बहुत काफ़ी लोगों की समस्या बढ़ चुकी है और उसे घटाने के लिए यही सही तरीका है कि अपने शर्म कार्ड को डिलीट करें सभी